अरे नहीं इसका मुंह फट जाएगा यार। बहुत बहुत बड़ा बड़ा हो हो गया बहुत बड़ा हो गया। आज। क्या हुआ? बस में, जब मैं स्कूल जा रहा था बस में बॉटल टूट गई थी बस... ले हाँ फिर फिर जब मैं बस में आया तभी मिली सो हेगा जलगम टू मैनी अभी मैं स्कूल से आ चुका हूँ अभी मोहता पोपर्ट हुआ इतना कहाँ रखे है यहाँ रखते इनको वहाँ कोने में रखो कोने में रखो इनको दादाजी पोपर्ट हो हुआ। गया क्या घर आ जाते हुआ मेरे साथ में उसको जाऊंगा ना पूरा ब्लॉग उस बन जाएगा बताते रहते है। स्कूल में ऐसा हुआ उस पीरियड में ऐसा हुआ जैसे हुआ पूरा पूरा सबको बताता है मेरे को अलग से बताएगा मम्मी को अलग से दादाजी को अलग से पीस को अलग से सबको अलग से बताएगा इसके बाद मम्मी को लेने चलना है हॉस्पिटल मैं नहीं क्यों नहीं। अरे लेके आना है बस नहीं अजीब सा होता है में एक मिले अजीब सा लगता है कुछ भी होता है किसी एक्सीडेंट होता है ये होता है किसी को लग जाती है अजीब सा भी लगता है अजीब सा कैसा तो फिलहाल खाना खाते हैं देखते हैं क्या बने हरी सब्जी दाल चावल हरी सब्जी डॉ प्यार से देख रहे हैं क्या हुआ क्या हुआ कितने प्यार से सो गई मेरे रूम में भसर देखो यार कपड़ों की यहाँ कपड़े यहाँ बैग यहाँ बैग यहाँ तक किया लेफ्टों कैसे पड़ाई पर चलो पहले साफ करता हूँ फिर चलते हैं हॉस्पिटल तो गई इस रूम थोड़ा बहुत क्लीन कर दिया दे मैंने देखो यहाँ पे तभी तो गई इस हॉस्पिटल तो आज गुराली जाए गुराली मना कर रहा था कि उठा के मै जा रहा हूँ जबरदस्ती मम्मी से नहीं मिलता ना ये मिलताली तो मुझे चकमा देके भाग गया वैसे गाड़ी में बैठने ही पसंद है कहते गाड़ी में बैठते उठ सकता तो भाई आजकल के बच्चे अलग ही है कुनाली को गाड़ी में जाना पसंद नहीं है मतलब मेरे टाइम में तो भाई मुझे इतने होता गाड़ी में साल में एक बार किसी गाड़ी में बैठ गई गाड़ी में बैठ गई गाड़ी गाड़ी गाइज मेरे को तो बहुत मजा आता है गाड़ी में जाने में बाइक में जाने में किसी भी चीज में जाने में बिकॉज मुझे बताया कितनी मेहनत की है इसके लिए स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं था जब मतलब बाइक भी नहीं थी हमारे स्टार्टिंग के पुराने ब्लॉक देखना हमारे पास तो हाँ अब पता है कितनी मेहनत से लिया तो एक अच्छी अलग ही फील आती है जो फील मतलब कुरानी और फील को नहीं आती मुझे आती है वो फील जिससे गाड़ी में बैठता हूँ तो अच्छा सा लगता है पता नहीं और वो पेरेंट्स को भी आती है मम्मी आप को भी आती है जब मम्मी बैठती है